ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है किसी और छत पर क्यों मेरा चांद चमकता है ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है किसी और की छत पर क्यों जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला बेदर्दी से प्यार का ramila